कौन है अचारों का खेत माहचे? की मुंहिं कमांडर? कमांडर? की बोल बो दादा इटन का को दूसरा इंग्लिश की बोलें दे तो मोटो है देखिए रोत। रोगी आ चोस? ना है बेगुन बच्ची तो सिंचन। माने रोगी आ चोस। तो क्या की नजर उसम। अरे दादा प्रभु मालिक रोगी आसे त एठे नसिम बस एतै तो हे बोलौ ठीक अछै जेथे बोलबे उठेन बसबो कुर्सीत बोलबे त तो कुर्सीत बसबो मुंडेत बोलबे त तो तोर मुंडेत बसबो ज्यादा नौटंकी ना करिस कोपाय एठे नबस अच्छा बसोम ओदा यार अललै किछु नै किछु नै कांदीस ना पिपड़ मरले अरे यार एठेन कोई पोड़ी आछ त तो आर तु पिपड़ देखस रस उठाइ है उठाइ है जे आर कतो उठाइ बन्दिन मला बसैनबो ना कि उठाइ न नहाय पोड़े तो पेपर पढैने पहिले की तंगी काल तु पांच क्लास परछाए देबे हे हे ठीक नाही तो बोलस तो उठनो बुसान दे नकी दे महला पछ मुखे ना बोलिस के नंबर अरे दादा मुख केथौ ना बुसाया अगोर चलाए मोर कमर भागिया छे नहाय नहाय ई बोले तो बुसाथे लगबे ए हीरो गाछई की तू इठलेने उठ और घर जा पोवाठलेने पोवा, पोवा भ देख बढेक रे बोलबे तो सब काम कर देबो फुटानी देखाय बोलबे तो हिलबो जाके न है और ऊपर से दुई चपड़ हो दिन दो भाई साहब एक काम कर तूने ठोल निजा। हेरंग बोल बैठो को पंच बोल। किरंग भागले कोमर तोहर। किरंग भागले कोमर तोहर। हाँ? कोमर किरंग भागले। कितने हुडवाटे चले? कथना हुडवाटे ने मार खून। किरंग। तेंगे, हुडा, चोपले, आर किरंग बा। अरे माने किते मार खून चोस यार। माने एक बारे कोई नौंदी बुझीन जान तो मुंड फुटान बुझाते बुझाते मुंडर गिदरी गरम जाय मोहर अरे हुए हिटो छोय जे की मखे पूरा राक्षस देली ती है मखे राक्षस देली तो में समनर घर कलर छतत माड फिलन देलो हो गए मोहर छतत मदर चिट्टी फिलन देला मु यो दो चप्पल हपा ओहर तीन हटो बेटा मोहर कमर भांगी दिला सबसे बेसी हटो छुटटूटो बेटा मार दी नाम सुना छुटटू अरे परमात्मा काका मी तुब्बा अपना नाम सुना यार अच्छा मुखे लगले उठे छवर नाम सुदेले बुब्बा उसले ठन तो और अपना रथ पर ले मड़ो काने का पिंधी सिंच बुब्बा अरु बदेर चटे पे लायर कालू <laughs> अरे यार हिटो तो कालू निधर सतवारे चल आज वक जीरोंत रे उठाय पटस चलो किया किया चलो रख रख हो? लो चो, अरे अरे परचा। फुट। फुट। फुट। उश, उश, जोल्दी जोल्दी चो, अरे दवाई हट जल्दी जल्दी यार एकदम एकदम कोले कोले आस्ते आस्ते एक लाल दिखाई अरे डॉक्टर साहब यहाँ पर मासान लागी, है? लागी, मासान लागी मासान। आ मासान आ हो। नाम सुना यार चिकन लागो यार हाँ। <tles> नाम सुना यार लक्षण नाम नाम पदामेश घर से मुख्य सुना पदा लिखबो या पदामेश पादा है की स्कूल सभी पादा बोली हकाम के घोष ग परीक्षा हुई घड़ी पदा लिखी छे तो कौन पदा है अच्छा अच्छा एक तो बात सुना सुधा पादा नाम खराब तो तो तो ना ना है यार जीव मन होर नीव मानस मरन तुके अरे यहाँ दिक्कत नही अरे मुई बल दिक्कत नही हो बस खाली रात के पालथी मारी पादा जोड़ी पादा जोड़ी है बार बार है। ने, आरु मुन दे ट लगाई सभी चलते यार तो के अरे डोर से मसान, वसान नहीं मसान वसान किछु नहीं हुआ। अरे हवंत भाई पारो तो बस तुखे तो तीन बार धट बोलते पता नहीं <coughs> <coughs> जोरिया छ यार ये ग मसनसन चक्कर मोटर कीते आनी छ केतो ओझा गुरु ठनीए जा अरे हटलो दी है तो उसिन छ ओझा गुरु यहा देख डरे जी खायला तो मुई की करबो मुई भेटा दिसिलो ना की तोखे <laughs> अरे उठ के ओरे मैं किछु ना करे जों मुई किछु ना करे जों अरे किछु नहीं किछु नहीं दरसना फोन सिन छ अरे किराए रेंटर लगाय छ एकदम मसनसन जनन डानर हस्त तक रेंटर लगा हेलो कितने चुर बगाल नहीं सुना कि हम्म आवाज़ ना उसे तो मुँह कितने कोई मर बो ना टावर पर उठ बो हेलो उसलिका आवाज़ <म्तों> जो सुना अरे यार कपाल बुसीर ना है एक घड़ी तो ही हेलो मर लेना कितने गले आवाज़ ही सही अरे हेट गेट कितने मंद करने ले पादा जोरी आचा